आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप इस श्रम कार्ड योजना के तहत तीन हजार महीने की पेंशन ले सकते हैं और साल के छत्तीस हजार तो किस प्रकार से आपको इसके लिए ऑनलाइन करना है क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं आपको कितने मंथली जमा करके आप इस रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप इस योजना का लाभ लेख सकते हैं इन सब के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उमरा डिजिटल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही डिजिटल दुनिया के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इस श्रम योजना का लाभ ले सकते हैं सिंपली आपको नीचे आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन माह की पेंशन के लिए रजिस्टर करें इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर करे पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खुल करके आ जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का यहाँ पे होम पेज खुलकर आ जाएगा कृषि एवं किसान मंत्रालय का जहाँ से आप देख सकते हो और उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ का यहाँ पे दिख जाएगा आपका क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इसके लिए आवेदन करना है और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों की इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है क्या क्या इसके तहत उम्र सीमा होनी चाहिए इन सब के बारे में यहाँ पे आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 टू 40 यानी कि 18 टू फोर्टीन अठारह से चालीस ईयर जिसकी उम्र है वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं चालीस साल से ज़्यादा के उम्र के व्यक्ति के इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और मंथली इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मंथली इनकम पंद्रह हजार रुपये से कम हो यानी कि पंद्रह हजार रुपये से ज्यादा आपकी मंथली इनकम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और डिटेल्स में बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका अब बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों की इसके लिए कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके तहत जो किराने की दुकान है आंगनबाड़ी सेविका है या कोई मतलब जो फार्मर है किसान है जिन्होंने अपना दोस्तों टू फोर्टीन ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और मंथली इनकम आपकी पंद्रह हजार रुपए मैक्सिमम होनी चाहिए उससे ज्यादा अगर आपकी मंथली इनकम है तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों की आप किसी भी अदर मतलब कोई आपका अलग पेंशन नहीं आता हो जैसे कि वृद्धा पेंशन होता है ये सब आपको नहीं होना चाहिए अदर कोई पेंशन योजना में आपका लाभ नहीं होना चाहिए तब तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो प्रोसेस है आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए बैंक अकाउंट चाहिए जनधन अकाउंट का आई चाहिए तब तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे करना कुछ नहीं है बस आधार कार्ड बैंक अकाउंट और आई कोड यहाँ पे डाल करके इसका अप्लाई आपको कर लेना है अब आपको मैं बता दूं कि कैसे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स जो इसके होने वाले हैं दोस्तों कि आपकी एज जब 60 इयर्स हो जाएगी 60 साल 60 साल जब आपकी एज हो जाएगी तो आपको तीन रुपये मंथली यानी कि साल के छत्तीस आपको सरकार देना शुरू कर देगी यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट नंबर हेल्प कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है जहाँ से आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है मतलब 40 साल तक आप इसको टैक्स पेयर करेंगे और उसके बाद जैसे ही आपका 60 इयर्स हो जाएगा आप इसका पेंशन लेना शुरू कर देंगे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन की कि, कि किस एज वालों के लिए कितना यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा और कितना सरकार देगी तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में मैं आपको पूरा चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ कि, कि किस एज वालों के लिए कितना यहाँ पे देना है तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ जो 18 साल जिनका एज है उनको 60 साल तक पेंशन मिलेगा 60 साल होने के बाद और यहाँ पे आपको अगर आपकी एज 18 साल है तो पचपन रुपया आपको हर महीने यहाँ पे जमा करना है और पचपन रुपये जो है सरकार यहाँ पे जमा करेगी और टोटल मिला करके एक रुपये आपको चालीस साल के साठ साल की उम्र तक आपको यहाँ पे जमा करना है यानी कि पचपन रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे और पचपन रुपये सरकारी यहाँ पे देगी टोटल एक सौ दस रुपये मंथली आपको यहाँ पे जमा होते जाएंगे जैसे ही आपकी एज यहाँ पे साठ साल होगी उसके बाद आपको तीन हजार रुपये की पेंशन और साल में छत्तीस हजार आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आगे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी एज थर्टी ईयर है यानी कि 30 साल आपकी एज है तो आपको कितना पैसा यहाँ पे जमा करना पड़ सकता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको यहाँ पे एक रुपये देने पड़ेंगे और एक रुपये जो है सरकार यहाँ पे जमा करेगी टोटल यहाँ दो रुपये हर महीने आपके यहाँ पे जमा होंगे आगे मैं बता दूँ आपको की अगर आपकी एज लास्ट फोर्टी ईयर है यानी कि आपकी चालीस साल एज हो गई है तो आपको दो रुपये जमा करने पड़ेंगे और यहाँ पे सरकार आपको दो रुपये देगी और टोटल मिला करके आपको यहाँ पे चार रुपये जमा हो जाएंगे चार रुपये आपको 60 साल की एज तक यहाँ पे जमा होंगे और उसके बाद तीन रुपये मंथली इनकम आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में और छत्तीस रुपये हर साल अगर आपकी अदरवाइज डेथ हो जाती है साठ साल से पहले तो इस योजना को बंद कर दिया जाएगा और आपको जितना भी होगा उसका ब्याज जोड़ करके इसका पैसा आपको दे दिया जाएगा अगर आपकी 60 ईयर होने के बाद आपको पेंशन लेने के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी वाइफ को इसका 50 परसेंट यानी कि पंद्रह सौ हर महीने आपको वाइफ को दिया जाएगा और उसके बाद आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जब आप आएँगे इसको स्क्रॉर करके तो क्लिक हेयर टू अपलाई का ऑप्शन दिया हुआ है जैसे ही आप इस क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके सामने आपके सामने एक नया पेज और ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आते हैं सेल्फ इनोलमेंट और दूसरा जो है सी एस सी वी एल ई अगर आपके पास सी एस सी का आईडी है तो इससे आप कर सकते हैं अगर आप खुद से इसका अप्लाई करना चाहते हैं इस पेंसन के लिए तो आपको सेल्फ इनमेंट पे क्लिक करना है सेल्फ इनमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने इसका ओ आ जाएगा मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपको कहेगा कैप्चा फिल करने के लिए इसके बाद आपको कैप्चा को फिल कर लेना है कैप्चा फिल करने के बाद आपको जनरेट ओ पे क्लिक करना है जैसे ही आप जनरेट ओ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओ का ऑप्शन आएगा और आपके फ़ोन पर यहाँ पर आपका ओ भी आ जाएगा तो सिंपली आपको अपने फ़ोन में देख करके इसका ओ टी पी यहाँ पर डाल देना है जैसे कि मेरा ओ आ चुका है तो मैं इसको अब यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे अपना ओ टी डालूँगा इसका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा मैंने अपना यहाँ पे ओ डालकर पी डाल प्रोसीड पर क्लिक किया वैसे ही आपको भी करना है जैसे ही आप यहाँ पे करते हो आपके सामने एक और होम पेज खुल आ जाता है तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इनोलमेंट पे क्लिक करना है इनोलमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फर्स्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है उसके बाद आपका नाम क्या है ये आपको यहाँ पर डाल देना है या किसी का आपको बनाना है तो उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है नीचे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे ईमेल डालने का ऑप्शन है तो ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ जिसके नाम से आपको इस पेंशन योजना का ऑनलाइन करना है उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद वो मेल है या फीमेल है ये सिलेक्ट करके कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आप किस स्टेट से आते हैं स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट डालना है फिर पिन कोड उसके बाद यहाँ पे आपको एनईआर, अगर आप नॉर्थ रीजन से सिलेक्ट रीजन से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है और नहीं तो आपको नो के बटन पे क्लिक कर देना है सब कैटेगरी में आपको यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी अगर जनरल है तो आप जेनरल कर सेलेक्ट कर लेंगे ओ है तो ओ बी कर लेना है उसके बाद आपसे यहां पे पूछा जाएगा आपका ऑक्यूपेशन आपका व्यवसाय क्या है आप क्या अर्थे क्या है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है अगर आप अगरबत्ती उद्योग संबंधित है तो अगरबत्ती मेकिंग डाल देंगे अगर आप कृषि करते हैं या कोई व्यक्ति कृषि करता है किसी किसान का यहाँ पे ऑनलाइन करना है तो आपको एग्रीकल्चर में सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा एन पी एस अगर आप इस सब का फायदा लेते हैं तो आपको यस करना है अन्यथा आपको नो ही कर देना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आएगा कि क्या आप, आप इनकम टैक्स पेयर है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरते हैं तो आपको यश करना है अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है आपको सिंपली नो ही करना है क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो उसके बाद आपको करना क्या है ई श्रम कार्ड जो बना हुआ है उस पर एन, एन नंबर दिया हुआ है जैसा कि आधार कार्ड पे दिया रहता है वही नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है सबमिट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने आपके सामने नया होम पेज खुल सामने आ जाएगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है उसमें आपसे बैंक डिटेल्स मांगे जाएंगे और कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसको आपको सिंपली फिल कर लेना है वहाँ पे जो यूजर है जिनका आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उनका एज मांगा जाएगा एज के हिसाब से आपको वहाँ पे पैसे कितना देना है ये आपको यहाँ पे साइड में आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 34 ईयर एज है तो यहाँ पे एक रुपये मंथली जमा करना है एक रुपये खुद यहाँ अकाउंट से कट जाएंगे और एक सौ रुपये यहाँ पे सरकार जमा करेगी उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सामने आएगा आ, कुछ इस प्रकार से प्रिंट मानधन योजना के लिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं फॉर्म फिलअप हो चुका है तो अशोक कुमार के नाम से मैंने फॉर्म फिल किया है तो ये आ चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये कार्ड भी बन करके आ चुका है यहाँ पे देख सकते हैं आप ये आ चुका है और एक रुपये जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सौ आपके बैंक से कटेंगे और यहाँ पे पेंशन प्रारंभ की तिथि भी दी हुई है एक आठ दो यानी कि दो में इनका पेंशन शुरू हो जाएगा जैसे ही दो होगा इनका पेंशन तीन हर माह आना शुरू हो जाएगा अब आप आपको सिंपली एक काम और करना है जैसे आप सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहाँ पेट फॉर्म आ जाएगा इसको यहाँ पे आपको फर्स्ट रो सिग्नेचर प्राइमरी अकाउंट होल्डर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और सिग्नेचर करने के बाद इसको अपलोड कर लेना है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको इसका अप्लीकेशन सबमिट कर देना है और उसके उस बाद आपको ये आपका कार्ड बन करके तैयार हो जाएगा जिसे डाउनलोड प्रधानमंत्री योगी श्रम मानधन कार्ड यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका ये कार्ड डाउनलोड हो जाएगा जिसे आप निकाल करके आधार कार्ड की तरह नमिनेशन करके अब रख सकते हैं आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही डिजिटल दुनिया के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ